के तीन खरगोश रितेश कक्षा तीसरी में पढ़ता था उसके पास तीन छोटे प्यारे प्यारे खरगोश थे रितेश अपने खरगोश को बहुत प्यार करता था वह स्कूल जाने से पहले बाग बाघ से हरे भरे कोमल घास लाकर अपने खरगोश को खिलाता था और फिर स्कूल जाता था स्कूल से आकर भी उनके लिए घास लाता था एक दिन की बात है रितेश को स्कूल के लिए देरी हो रही थी वह घास नहीं ला सका और स्कूल चला गया जब स्कूल से आया तो खरगोश अपने घर में नहीं थे रितेश ने खूब ढूंढा परंतु कहीं नहीं मिले सब लोगों से पूछा मगर खरगोश कहीं भी नहीं मिला रितेश उदास हो गया रो रोकर आंखें लाल हो गई रितेश अब पार्क में बैठ रोने लगा कुछ देर बाद वह देखता है की उसके तीनों खरगोश घास खा रहे थे और खेल रहे थे रितेश को खुशी हुई और वह समझ गया कि इनको भूख लगी थी इसलिए यह पार्क में आए हैं मुझे भूख लगती है तो मैं माँ से खाना मांग लेता हूँ पर इनकी तो मैं भी इनकी तो माँ भी नहीं है उसे दुख भी हुआ और खरगोश को मिलने की खुशी भी हुई नैतिक शिक्षा जो दूसरों को दर्द को समझता है उसे दुख छू भी नहीं पाता